ये गया, ना गया जी। आ देखो पसीना जा मैं और अहमद भाई आज बनाने के लिए रहे थे, लेकिन मौसम हुआ पड़ा है खराब बिल्कुल। बारिश होने वाली बूंदा बांदी तो हो रही है गर्मी सर्दी बारिश बस बनानी है ना वीडियो चल रही है वो, साड़ा कैमरा में। वो कहते हैं ना मुश्किल घड़ी में गधे को बाप बनाना पड़ता है इसलिए हमने ऐसा कैमरा मैन रखा है और देखिए आज गधा भी है <laughs> बंदे के काम चेक करो चैन ही नहीं है <laughs> तो मौसम का तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो अभी बुंदा बांदी हो रही है इतनी देर से बंदा मुझे यहाँ पे घुमा के ला रहा है और ये जगह इसने है बनाने के लिए। वाला फार्यू में जाता है वो तो आगे जो गदा खड़ा है वो फिर कहा जाता है आप कहने वाले जो फॉर वो गधे जी सर बारिश रुक गई है, है मौसम भी सुहाना हो गया लेकिन उस साइड पे कुछ हो रहा है वो लोग पंगे ले रहे हैं जाके देखते हैं क्या कर रहे हैं तो बंदे पुषप का मैच लगा रहे हैं दो भी नहीं लगे चल ठीक है, है तो दोबारा लगाओ पुषप दोबारा लगाओ यार। इस बंदे से दो भी नहीं लगने एक दो तीन चुप कर गए बंदा जैसे भी नहीं लगा रहा यार चार मैं इस काम करिए नहीं ये अहमद भाई भी कुछ प्लान करने वाले हैं यार कम से कम से में लगाऊंगा आप देख लेते ठीक है बड़ी देर होगी आज ओके यारू थ्री ये थक गया अहमदा थक गया जी दे। देखो पसीना चेक करो पसीना चेक करो बाकी छोड़ो छो सा मैं बच्चे वैसे नहीं से लगाए मैं यार मैं अभी फेमस हो जाऊंगा की ख्याल हम पास से तो बस लगा मैं 20 लगाऊंगा 20 यार बहुत देर होगी चल आप लोग आओ यार ये हमारे भले का चेक कराओ चलो इसकी बॉडी चेक कराओ बॉडी चेक करवाई पिछले व्लॉग में ये बॉडी नहीं ना इस वजह से नहीं मैं बना रहा कहीं प्रोटीन खा के बॉडी नहीं है ऐसे नहीं बनती शादी ना टूट जाए और यहां पे मैं आईडी मेंशन कर रहा हूं टिकटॉक की आप लोग जाओ जाके देखो वीडियोस बहुत मेहनत की हमने कृषि कंटेंट बनाने के लिए और भाई मतलब आपसे कुछ कहना चाहते हैं जी भाई यार मैंने कहना यही है कि हम लोग आपके इंटरटेनमेंट के लिए आपकी इंजॉयमेंट के लिए वीडियो बनाते हैं मेहनत करते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें फॉलो करें शेयर करें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि